सिद्धिकंज में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मोत्सव पर शिक्षक दिवस का आयोजन किया इस अवसर पर संस्था के शिक्षकों के साथ बैंक मैनेजर और छात्र मौजूद रहे माँ सरस्वती और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गयी कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य सहित कई वरिष्ठ शिक्षक और ग्रामीण बैंक के मैनेजर मौजूद रहे इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और स्वागत किया गया कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बताया गया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की सीख दी गई